कल दिनांक 15 आठ 23 को थाना मोगराबादशाह जौनपुर क्षेत्र में एक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी जिसका थाना पर अभियोग पंजीकृत हुआ उसी के क्रम में आज नामजद अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया विधिक कार्रवाई की जाएगी